किस्मत से लड़ने में बहुत मजा आ रहे है दोस्त ये मुझे जीतने नहीं देती और मैं हारने का मूड में नहीं हूँ